हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां न तो कोई इंडस्ट्री है और न ही यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज इवन इस देश के पास न तो एयरपोर्ट है और न ही अपनी सेना ये देश इतना छोटा है की आप जॉगिंग करते हुए पूरे देश की सैर कर सकते है जब किसी देश की ये हालात हो तब तो वो देश काफी गरीब होगा लेकिन नहीं यह देश गरीब नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है इस देश में गरीबी और बेरोजगारी का कोई अस्तित्व ही नहीं इस देश में चारों ओर सिर्फ खुशहाली ही बरसती है ये देश है यूरोप और दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको भले ही ये देश एरिया वाइज दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है लेकिन पैसों के मामले में ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश तो चलिए आज आपको मोनाको की सैर पर लिए चलते हैं और इस देश के बारे में बताते है कुछ ऐसे फैक्ट जिसे जान आप भी इस देश में रहने का सपना देखने लगेंगे मोनाको फ्रांस की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है आधिकारिक तौर पर इस देश को प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको के नाम से जाना जाता है ये देश इतना छोटा है कि हमारे देश के मोहल्ले भी इस देश से बड़े हैं दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है वैटिकन सिटी का क्षेत्रफल जीरो स्क्वायर किलोमीटर है वही मोराको का क्षेत्रफल टू स्क्वायर किलोमीटर यह देश वेस्टर्न यूरोप में स्थित है जिसकी सीमा पूरा पश्चिम और उत्तर में फ्रांस से मिलती है वही दक्षिण में इसकी सीमा मेडिटेरानियन सी से मिलती है इस देश की कुल जनसंख्या है अड़तीस हजार छह मोनाको जनसंख्या घनत्व के लिहाज से दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉल्यूटेड कंट्री है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है अठारह किलोमीटर स्क्वायर इस देश की जीडीपी 7.672 बिलियन है जो कि दुनिया में एक सौ नंबर पर है जीडीपी के लिहाज से भले ये देश 158 नंबर पर है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है इस देश के लोगों के प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय एक लाख पंद्रह डॉलर है जो कि भारतीय रुपए में लगभग छियासी लाख रूपए है सालाना औसत कमाई की लिस्ट में इस देश ऐसी आगे सिर्फ और लग्जमबर्ग है इस देश की 100% आबादी शहरी है साक्षरता दर भी 100% है गरीबी और बेरोजगारी दर 0% है इस देश के 30% से 35% आबादी मिलेर है मतलब इस देश में हर तीसरा शख्स करोड़पति है लोगों की इस के इस अमीरी के नजारा मोनाको की सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास कम से कम एक लैम्बोबी बुगेटी या पौश जैसे लग्जुरियस कार जरूर होती है इस देश में आपको साधारण कार कम और लग्जूरियस कार ज्यादा देखने को मिलेगी मिलेनियर लोगो के पास लग्जूरियस कार के अलावा प्राइवेट यॉट और हेलीकॉप्टर भी होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है हो भी कैसे 2.1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बन सकता है मोराको के लोग हवाई सफर के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं इसीलिए इस देश में हेलीकॉप्टर हैं। यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर का उपयोग इतना ज्यादा करते हैं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के हेलीपोर्ट पर प्रत्येक 20 मिनट में एक हेलीकॉप्टर उतरता है इस देश के पास अपने कोई सेना नहीं है अगर कभी इस देश पर खतरे की स्थिति बनती है तो फिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस के कंधों आरोप है वह अगर फ्रांस ऐसी ही इस देश को खतरा हो तो फिर इस देश की सुरक्षा कौन करेगा मोनाको के पास अपना पुलिस फोर्स जरूर है इस देश में कुल पाँच सौ पंद्रह जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज ऐसी इस देश का पुलिस बल सबसे बड़ा है और पुलिस की उपस्थिति भी दुनिया में सबसे ज्यादा ये पूरा देश चौबीसों घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहता है मोनाको की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में होती है यहाँ क्राइम बिल्कुल ना के बराबर होता है क्राइम हो भी कैसे जब देश के प्रत्येक नागरिक के पास नौकरी है बेइंतहा पैसा है शान और शाकत वाली जिंदगी है तो फिर अपराध का रास्ता कौन चुनेगा मोनाको का झंडा हू इंडोनेशिया के झंडे ऐसी मिलता है दोनों देशों के झंडो के बीच फर्क बस इतना है की इंडोनेशिया का झंडा ज्यादा बड़ा है अब आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये देश इतना अमीर कैसे है तो चलिए जानते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा टूरिज्म और कसीनों से आता है महंगा देश होने के कारण मुनाको अमीरों के बीच काफी मशहूर है इस देश को लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है दुनिया भर के अमीर इस देश में घूमने आते हैं जिससे इस देश को काफी कमाई होती है मोनाको की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा गैम्बलिंग से आता है गैम्बलिंग के लिए गैम्बलिंग के लिए ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है और बहुत से लोग सिर्फ गैम्बलिंग के लिए ही इस देश में खींचे चले आते हैं इस देश का सबसे पुराना कसिनो डी मोन्टे कालो है इसकी शुरुआत अठारह सौ में की गई थी दशकों से इस कसीनो की गिनती दुनिया के बेस्ट कसिनोज में होती है कसिनो जी मोन्टिकालो में जेम्स बॉन्ड के तीन फिल्में शूट हो चुकी हैं। इस देश में जुआ खेलने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन इस देश के अपने नागरिकों को जुआ खेलने की इजाज़त नहीं है एवन कसीनो के अंदर जाना भी उनके लिए गैर कानूनी है ये कानून इसलिए है क्यूँकी वहाँ की सरकार चाहती है की उसके देश के नागरिक जुए जैसे पालू चीजों में पैसे बर्बाद करने के बजाय उन पैसे का उपयोग बेहतर जीवन जीने में करे ये सही है बॉस दूसरे देशों के लोगों का पैसा जुए में बर्बाद कराओ ताकि अपने देश के लोग शान और शब्कत वाली जिंदगी जी सके मोना को पूरी तरह से टैक्स फ्री देश है यहाँ पर नागरिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग इस देश में बसना चाहते है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं जगह की कमी होने के कारण यहाँ के घर काफी ज्यादा महंगे है यहाँ की घरों की कीमत ऑन एंड एवरेज पैतालीस डॉलर पर स्क्वायर किलोमीटर है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है इस देश में एकमात्र नेचुरल रिसोर्सिस मछली है मोनाको की आबादी है अड़तीस लेकिन काम के समय इस देश में लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है इटली और फ्रांस से इस देश में प्रतिदिन 50,000 हजार वर्कर्स काम करने आते हैं इनमें ज्यादातर लोग टूरिज्म कसिनो और बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं ओसिनोग्राफिक म्यूजियम मोनाको के प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन में ऐसी है मोनाको ग्रैंड पिक्स इस देश में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा इवेंट है इस ग्रैंड पिक्स को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती है फॉर्मूला वन की दुनिया में मोनाको ग्रैंड पिक्स को काफी ज्यादा अहमियत प्राप्त है तीन तरफ से फ्रांस से घिरे होने के बावजूद मोनाको कभी भी फ्रांस का हिस्सा नहीं था मोनाको की शासन व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र है वर्तमान में इस देश के शासक एल्बर्ट सेकेंड है इस देश में पिछले आठ सदी ऐसी ग्रीमाल फैमिली का ही शासन रहा जो कि पूरे यूरोप का लॉन्गेस्ट रूलिंग रॉयल फैमिली है मोराको में जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है इस देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है प्रत्येक हजार महिलाओं पर 941 पुरुष है यहाँ की लड़कियाँ शो ऑफ में काफी ज्यादा विश्वास रखती है मोराको की लड़कियाँ अपने दोस्तों के बीच दिखावा करने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है कई बार तो ये लड़कियाँ उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेकर काफी ज्यादा खर्चा करवा भी देती है मोराको में लाइफ 89.5 साल है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। मुनाको की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को